लास्ट दे मैं लास्ट टाइम पे बहुत मिला एक भी भाई भाई स्नाइपर सुपर बॉडी दिया मेरा ही था ब्रो देखा चलो से देता चलो बंदे यहाँ पक्का जल्दी मेरे ओके देखो पहले में हम वहाँ पे गए थे था एक बंदे जल्दी आ उधर इधर आगे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 साथ में जाएंगे तब नंबर टू वन नंबर वन आएंगे आप यहाँ से क्या नहीं चलो वहाँ पर चलते हैं वहाँ पर मिल जाएगा अपना कौन देगा तीन नंबर नौ आ जाओ मैं ट्वेंटी एट दे सकता हूँ दो हजार आठ का ही नहीं हो रहा में मुझे नहीं चाहिए मांगने दे भाई, भाई। बॉट को मांगने दे भाई वॉट का डैमेज बहुत बढ़ा दिया यार और भी बड़ा दुनिया मुझे मर ही नहीं अरुण। अरुण। बो, बो, बो। लग रहा आया। तो गा। योग्य नीचे गए लेकिन 70 रुपये आगे स्वाद पता नहीं मैं फायर दे रहा था डैमेज कर तो गया मेरा मुझे एक ड्रॉप दिया मैं दिखा लूं ना हो गया तुम्हारे तुमको चाहिए क्या स्नाइपर को चाहिए क्या श्रॉप में जल्दी बताओ स्नाइपर वो तो अच्छा है हो हो हो रहा, रहा रहा है तो। है। mark the location mark the location ghar pe raha mazaa aaya ab bande isko ard ठीक है बंदा अंदर घर के अंदर आ जाओ एक घर से बंदा यार यार चलो चलो चलो चलो तु तु तु तु तु तु देखो। मजा आया वर्ल्ड तो कर कहा गया अधिक तो दो तीन बंद पूरा वो आप से लेटा था बंदा तो क्या क्या करे खत्म काम करे तीन देखो मेरे पे एक है ओके और एक ज़्यादा